हो जाए, भला कैसे वो सोएगी कि जिसको इश्क हो जाए भला कैसे वो सोएगी कभी मुस्काएगी छुप कभी तकिया भिगोएगी बड़े नादान हो तुम तो जरा समझा करो बातें बड़े नादान हो तुम तो जरा समझा करो बातें गले मिलकर जो रोती है बिछड़कर कितना रोएगी